ले लो माल माल लुट गया, गया अरे पैसा सारे चाहिए सारे सारे चाहिए मेरे को सारे दे। को दे दे कुछ रखने ही नहीं है सारे दे दे मेरे को दे दे सारे क्या आपको सारे भेज चाहिए सारे ले लोगे आप हाँ सारे चाहिए सारे ले लूंगा मैं बहुत पैसा है उनके पास बहुत पैसा है चच्चा के खेत है, खेत गांव में खेत है चच्चा के मेरे पैसे मेरे पैसे बकरियां नहीं खा रही बकरियां गांव में बकरियां नहीं खा रही मेरे पैसे ठीक है भैया जैसी आपकी इच्छा तो ये हो गए आपके सारे प्याज तोल दिए मैंने आपके सारे प्याज लो अरे भैया ऐसे भी कोई फेंकता है क्या ये लो मैंने ही फेंक दिए भैया इतने में नहीं होगा और चाहिए और इलेवन इतना चाहिए और चाहिए और, और लु जीवरा मेरे घर के ये ये लो लो मेरे घर की एप्पल आईपैड अभी भी कम है भैया अभी भी आपने बहुत कम दिया है अभी भी और छी, और छी हो। सबसे पहले तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और बहुत अच्छी लगी हो तो नीचे चैनल को सब्सक्राइब करें और, और ना भूले